आपको गांधी जी के बारे में जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों से रूबरू कराएंगे जिनसे आप शायद ही अवगत हों दो अक्टूबर अठारह सौ उनहत्तर को पोरबंदर गुजरात में जन्मे महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद्र गांधी था उन्हें भारत का राष्ट्रपिता कहा जाता है गांधी जी के पिता का नाम करमचंद्र गधी था जो कि राजकोट के दीवान थे और इनकी माता का नाम पुतलीबाई था गांधी ने गांधी जी ने स्वतंत्रता के लिए सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया गांधी जी ने कहा था मेरा जीवन ही मेरा संदेश है गांधी जी ने कहा विश्व में सात प्रकार के पाप विवेक के गुण हैं गुड़ के ज्ञान गुड़ के धन मानव ज्ञान सहित के पद और सिद्धांत वाला गांधी जी को ना सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में भी विशेष ख्याति प्राप्त है इस बात का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया के महान वैज्ञानिकों में सुमार आइंस्टीन ने कहा था कि कुछ सालों बाद लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे कि महात्मा गांधी जैसे शख्स कभी इस धरती पर हार मास का शरीर लेकर चलता था गांधी जी ने दे...